चल हाथों छू च उसके पास जाना है खुद को उसमें पिरोना है जी छी है तेरा तू हो तो है माजो है जगा है तू उसके दिल में रखना है दिल में घर बनाना है।, है, है, है, है, है चल चल चल चल